ओके। okay. उसके बाद हम सामने के क्वेश्चंस देख रहे हैं। 1.1 प्रैक्टिस सेट का का आपको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट 3a 5b 5b तो 26 और a 5B तो 22। आपको दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं पर। इसको भी सेम से सॉल्व करना इक्शन थोड़ा सा और लेकिन बाद में आपको एक चीज मिल रहा है और उनके साइन भी कैसे मिल रहा रहे आपको सेम मिल रहे जब कभी होंगे तो उस वक्त आपको और अगर जब भी साइन डिफरेंट होंगे तो आपको सिंपल एडिशन से भी आंसर आ सकता है तो देखते हैं ये को हम। हम? सो सो इक्वेशन एंड तो कैसे लिखेंगे 3a 5b 26. So, a 5b 26। a 22। अब वजह तो से यहां पर आपको साइन नजर आएंगे जब यहाँ पर प्लस फाइव और माइनस फाइव गेट कैंसल होगा 3a में से एक चला गया तो आपको मिलेगा 2a 26 22 आपको 4 4 मिलेगा, सो सो a a 2, 2 मिल गया, ठीक है अब यह आगे आपको एक वैल्यू मिल चुकी है उसके बाद हम सेकेंड वैल्यू को निकालेंगे जिसमें आपको पुट करना पड़ेगा एज इक्व टूशन वन आप वन या टू दोनों में से किसी में भी वैल्यू को पुट आउट कर सकते हो तो देखते हम इक्वेशन नंबर वन को पुट आउट करके तो क्या मिलेगा सिक्स so, जब थ्री टू से कितना हो जाएगा सिक्स बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो आपको मिला फाइव बीज इक्व टू ट्वेंटी सिक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू ट राइट साइड में चला जाएगा तो समझ आइएगा की वो एडिशन या तो जब इक्व साइड में वो नंबर जाएगा उसमें आपको डिवीजन होते हुए नजर आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई फाइव स्टॉक आपको कितना मिला फोर सो आपको ए कॉमा बी की वैल्यू कितनी मिल गई 2 कॉमा फोर जेड क्लियर ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ओके